सिंगरौली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया यह शिविर कायटराइस पब्लिक स्कूल के संचालक अमित राज की माता जी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया वहीं अमित राज ने भी सभी से साल में एक बार रक्तदान करने की अपील की सिंगरौली में कायटराइस पब्लिक स्कूल के संचालक की माता की पुण्य पर काइट पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने रक्तदान किया यह रक्तदान शिविर रक्तदान लायन्स क्लब विद्युत विहार स्कूल प्रबंधक और सोसाइटी के लोगों द्वारा किया कि सिंगरौली जिले में रक्तदान की तब तक रक्तदान की कमी बनी रहेगी पब्लिक स्कूल के संचालक अमित राज ने रक्तदान में भाग लेने वालों और सहयोग प्रदान करने वालों को धन्यवाद दिया और आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो वह व्यक्ति कम से कम साल में एक बार रक्तदान जरूर करे जब मैसेज आता है ब्लड रक्तदान देना है तभी ये ध्यान आ जाता है कि तुम हमें खून दो तो हम तुम्हें आज़ादी देंगे तो आप खून देंगे और फिर किसी न किसी के काम आएगा इसीलिए दिया ही जाता है इससे अच्छी बात और क्या होगी चार पाँच बार तो फाउंडेशन पूर्ण बिहार और आप देख रहे होंगे पीछे पोस्टर में लिखा है डांस क्लब भी लिखना है एक संयुक्त तत्वाधान तो में आज का यह कार्यक्रम संपन्न वापस हो रहा है और पिछले साल भी यह कार्यक्रम हुआ था 3 जनवरी के बीच क्योंकि जो तो शतुंतला देवी फाउंडेशन है मेरी तो पूज्य माता जी के नाम से यह संस्था है और उन्हीं के पुण्य तिथि पर हम लोगों ने यह कार्यक्रम पिछले साल भी आयोजित किया था और ये दूसरा उसी क्रम में दूसरा हिस्सा बन है लगभग अभी तक के समय तक मुझे जानकारी मैंने लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है 50 का एक लक्ष्य है ब्लड की समस्या मुझे लगता है कि यहाँ सर्वित है कि किस तरह से लगातार बढ़ते जा रही है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता समझ में आती है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई बार भयवश या अज्ञानतावश जो है ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते तो ब्लड डोनेशन जो हम करते हैं और यही रखते काम आता है क्योंकि हो सकता है कि जब जरूरत हो उस समय आप उपलब्ध हो लेकिन अगर बैंक में है तो मिल जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके आप देख रहे हैं दखल न्यूज